और सिगरेट पीपी के दिखा रहे ना। लोगों के सामने पूरे दिन भर अबे साले मर जाएगा मर जाएगा तेरी गर्दन वर्दन सब खत्म हो चुकी है अच्छा, के दीपा दीपा का तेरा उल्टी हारा देखकर खूब साले तेरे गाने भी